So, okay? so, new video. New video. New video तो हेलो गाइस माय चैनल तो कैसे आज उम्मीद करता कि गए क्यूँकी मोस्ट ऑफ बच्चों को चाय बनाना नहीं आता देख लीजिए पहले दूध लिया है एक आदमी को था उसका इतना ही लिया है दूध एक चम्मच की जैसी चाय पत्ती डालनी है और आधे स्पून आपको तो शक्कर डालनी है काम हो गया आधी में नहीं कर थोड़ी देख मिनित, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट गड़बड़ हो गई डेढ़ डेढ़ चमचे आपको चाय पत्ती और चीनी डालनी है देख लीजिए बन गया चाय उबलने लगी है स्पीड तो ज्यादा है थोड़ा कम करते हैं स्पीड को। चाय बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप आपकी चाय बनाना सीख जाओ क्योंकि आप मम्मी को परेशान मत करना चाय बना कर। चाय बनाना तो सबको आना चाहिए क्योंकि हम खेती वाले विस्तार हैं ना फार्मिंग लोग को हमको तो सब कुछ बनाना आता है इसको पाँच मिनट के लिए थोड़ा हिलाएंगे क्योंकि चाय पत्ती उब लेना इसलिए चाय को तो चाय बनानी सबको आती होगी पर इसलिए हमें टाइम पास करके मैं ये वीडियो बना रहा था यूट्यूब में ठीक है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना और आ, क्या बोलते हैं यार भूल गया हो गई और बेल आइकन को और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर देना अच्छी लगी तो ठीक है गैस बाय